और मेरे हिसाब से इन दो गन को मिला के जो खतरनाक चीज होती है ना वो खतरनाक चीजें कोई भी और कॉम्बो कर ही नहीं सकता मेरे को ऐसा लगता है ए डब्लू प्लस गुरु मजा ही आ जाता है तो भाई लोग कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत है आपका एक गलत सीन से भरे पड़े, पड़े गेम वीडियो में और यार कई दिनों बाद जाके लेकिन आखिरकार हो ही जाते होते रहेंगे फिलहाल यार नोव उतरे हैं। और उतरते ही गन की तलाश में भगता हूँ और मिल जाती है और आज तो यार उतरते ही सबसे पहला सपरे सबसे ज्यादा सस्ता होता है लेकिन ये लोग निहतते हैं अभी और जब भी मैं ऐसे बंदों को निहतते नंगे भगता देखता हूं ना यार मेरे को पुराने दिन याद आ जाते हैं एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि एक ही जगह पे एक ही कंटेनरों में यार चार चार सकॉट उतरती थी और हर एक बंदे पे हर एक बंदे पे गन होती थी वो भी महंगी वाली और अब हाल देखो यार ऐसा अकेले के भग रहा हूं अभी तक और आगे बंदे बैठे हैं और यहां पे मैं बिल्कुल टाइम पे आ जाता हूं नहीं तो यार वो नौ बंदे की ये पेटी बनाते और मेरा तीस किल का सपना यही इसी जगह टूट जाता उतरते ही और ये लोग इस जगह में कहीं पे भी भग रहे हैं मैं आगे देखता हूं बंदे पीछे पहुंचे पड़े हैं मैं पीछे देखता हूं बंदे आगे पहुंच जाते हैं अब ये लाल कपड़े वाले भाई अपनी सारी गोली बोट पे लगा देते हैं और जब मैं सामने आता हूं भाई रिलोट करते हैं और यहां मैं काफी टाइम से ये चीज देख रहा हूं एस के सिर्फ और सिर्फ पेटी बनाने की काम आ रही है एम्पोर चला रहा हूं अंधा गोली पहन रहा हूं बंदा नौको रहा है और जब पेटी बनाने का टाइम आता है निकाल लो अपनी इस बारा के खैर यहाँ पे दो तीन बंदे ठिल चुके हैं बस एक ही बंदा बाकी है अब उसके फुट स्टेप यही से आए थे लेकिन यार अब गायब हो चुका है वो और जैसा कि मेरे को लग ही रहा था यार फुट तो इधर से आए थे बंदा इतने जल्दी किधर को गायब हो गया अब गायब तो भाई कद्दू भी नहीं हुए थे लेकिन भाई खड़े होके टीपी पी ले रहे थे और यार टीपी पी एक बहुत खतरनाक चीज है यार एक टाइम के लिए अगर बोट भी टीपी पी लेने लग गया ना वो भी हमें पेल देगा वैसे आजकल तो बोट ऐसे ही पेल के चल देते है खैर यहाँ पे जो भी लूट पड़ी होती है मैं सारी की सारी लूट पे हाथ पाऊ पेलता हूं और अब पेटियां खाली हो चुकी है और आगे की तरफ और भी बंदे बाकी थे लेकिन फिर मेरे को पानी में कोई दिखाई देता है पानी में कोई तैर रहा होता है देखो कौन है ये और असली जिंदगी तो यार ये बहुत लोग जी रहे हैं कोई फिक्र नहीं कोई चिंता नहीं भाई मजे से तैरते हुए आते हैं बिल्कुल पानी में तैर के सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं मस्ती में ये होती है जिंदगी ओ इमोट मार, इमोट मार, इमोट मार। और अब आप सोच रहे होगे कि यार मैं ये नाचने नचाने वाली हरकत क्यों क्यों क्यों कर रहा हूं? मेरा हुआ रहा मेरा टीममेट जा है है वो चाहता कि मैं यहाँ जोर जोर से नाचूं तो सीन क्या होता है देखो यार प्लेन में होते हैं हम और ऑल पे दबा के ये बंदा जिसको अभी पेरा दबा के पूरे जोश में गाली गलो चल रही होती है इस बंदे ने पूरी की पूरी लॉबी को धमकी दे रखी थी कि बेटा तुम नोवो आओ तुम्हारी पेटी बनेगी और यार जहाँ तक मेरे को पता है सिर्फ गोली में भाई जाते हैं खैर उसको पेल के नचना नुचाना करके यार मैं यहाँ से निकलने की तैयारी में होता हूँ लेकिन सीन क्या होता है यहाँ पे गोलियां चली थी और बंदे गायब गायप हो गए थे तो इनको देखने के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं यहां अब गोलियां काफी लगती है, लेकिन सस्ता होने के कारण बंदा के नहीं देता और ऊपर से मेरे को खुजली होती है रिलोट पहलने की और उतरने में ही बंदा भग जाता है खैर उनको ढूंढने के लिए हम लोग इधर पे आते हैं और मैं कुछ ज्यादा ही आगे आ जाता हूँ यहाँ पे रुक के देखते हैं कद्दू कोई नहीं दिखता बाद में पता चलता है बंदे पीछे की साइड बैठे हैं हाँ यही छोटे मोटे घरों पे छुप के बैठ रखे हैं अब देखो भले ये छुप रखे होते हैं लेकिन गोली ये लोग बराबर चलाते हैं अब मैं तो बच जाता हूं लेकिन हमारे भाई को पकड़ लिया जाएगा देखो क्या सीन होंगे इधर नेट डालना है तो तुम पट अब पे पे बंदा मेरे मेरे मुंह के सामने खड़ा है, वो किसी भी सेकंड मेरे पे रस रूस कर सकता है लेकिन हमारे भाई बोलते हैं भाई तुम नेट डालो देखो यार बंदे कैंप कर रहे होते मेरे से नेट तब नहीं पड़ते, और अभी जब बंदा मुंह के सामने खड़ा है भाई को लगता है यार मेरे को नेट करना चाहिए यार देख के के तो बात करो इसी साथ जाके नो वो खाली हो जाता है और यार इस बार तो मेरे को भी नहीं लगता कोई बाकी होगा चप्पा, चप्पा चान मारा था और ये लोग भी भगके आए थे यार खाली होगी जगह तो वहां से मैं निकल जाता हूँ अब जाना पड़ता है सीधा पोचंकी पे क्योंकि यार मजबूरी होती है और मजबूरी सिर्फ और सिर्फ एक वजह से होती है वो है खिल की लालच नहीं तो यार कहीं पे आराम से साइड पे मस्त बैठ सकता हूँ लेकिन अगर मस्त बैठ गया तो ये आपस में ठिल जाएंगे और फिर कद्दू भी नहीं होता थी स्किल और करते ही करते मैं की पहुँचता हूँ और आगे गाड़ी खड़ी होती है यहाँ पे मैं आता हूं सकोप खोलता हूं मैं देखता हूं यार गाड़ी बड़ी क्यों हो रही है मेरे को सही में लगा था गाड़ी दूर की तरफ जा रही होगी लेकिन ये लोग पूरी रफ्तार से मेरे को चढ़ाने को लाते हैं गाड़ी मैं देखता तो हूं एक बंदा पकड़ता हूं पकड़ खैर यहाँ पे पोचंकी खाली हो जाता है लेकिन अब जहा पे जा रहे हैं ना दबा के बिल्कुल दबा दबा के एक्शन होगा सही समझे आप रोजक की पहाड़ी लेकिन उससे पहले हम दे बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है वन एक्सपेट जिसके माद से आप कई सारे गेम्स क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल बास्केटबॉल और ई स्पोर्ट्स वगैरह पे बैट बुट लगा सकते हो और अब तो फुटबॉल भी दोबारा चालू होने वाला है साथ ही साथ इसमें आपको आपके पहले डिपॉजिट में सात हजार रुपए तक का बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो की कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा और इसमें कई सारे मिनी गेम्स भी है तो आप वो खेल के भी पैसे कमा सकते हो और इसमें जीते हुए पैसे विड्रॉ करना बिल्कुल हलवा है है है है क्योंकि इसमें इसमें पे, पे, पे, पे, सब सब सब कुछ कुछ बैंक ट्रांसफर तो तो हाँ यार अगर आपको इस सब है, आप इस चीज का आप ऐप को ट्राई ट्राई कर सकते हो और करते हो और तो करते ऐसी टीम पे लगाना जो पक्का पक्का जीते है। दिक्कत की तरह आ रही है इस ऐप की लिंक कमेंट से होगी बिल्कुल लूटबाजी नहीं करी होती दबा दबा के अगर मैंने लूटा नहीं होता ना पोचंकी में तो मेरे को थोड़े से किल और मिल जाते या फिर मैं ठिल भी सकता था खैर इसके बाद मैं इधर-उधर गाड़ी घुमाता हूँ और दोबारा से रोजौकी पहाड़िया पहुंचता हूँ गाड़ी मैंने काफी जगह घुमाई कोई नहीं मिला लेकिन दोबारा यहाँ पहुंचा और यहाँ पे दोबारा से बंदे मिल जाते हैं बस इस बार सामने घर पे बैठे हैं एक और यहाँ पे अगर मैं एक सेकेंड ज्यादा लेट हो जाता ना उस बंदे को नॉक करने में मेरे ख्याल से मैं नेट की चपेट में आ जाता अपने ही ऊपर पहाड़ी पे बंदा बैठा पड़ा है हमको पता ही नहीं भाई वो कहीं लेट लूट के नेट लूट कर रहा है और अभी आगे जाके और भी हरकत करेगा देखना आप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 और जो भाई हमारे पहाड़ के ऊपर बैठे थे वो तो हद से ज्यादा हद से ज़्यादा खतरनाक है मस्त सब कुछ होगा, और बंदा जिंदा भी है खैर यहाँ से मैं निकल लेता हूँ जून की तरफ अब मेरे को लगता नहीं यार वो बंदा पहाड़ पे बैठा होगा लेकिन निकलते निकलते कोई आता है पीछे से घरों पर जाती है हम अब, अब एक सुकौड़ के बंदे गाड़ी लेके वहां ठोकते गाड़ी जहां पे मैं चुका हूं सबको मेरे ख्याल से ये लोग थर्ड पार्टी करना चाहते थे लेकिन यार ये रहे हैं। अब देखो मेरे को लगता है ठीक है यार हम करेंगे ब्रिज ब्लॉक अब यार ब्रिज कैंप बाकी ब्रिज का तो करते नहीं लेकिन इस सस्ते ब्रिज का पक्का पक्का करेंगे क्योंकि यार छोटा सा है जो भी होगा जल्दी से निपट जाएगा और यहां पे चल कह रहा है मेरे को जहां तक पता है ये गाड़ी वाले बंदे हैं ये बग्गी लेके क्यों आ रहे हैं और यहां मेरी आंखों के सामने से तीन तीन बग्गी जाती है पहली बग्गी गई मेरे को लगा ठीक है यार एक ही बंदा हो गया भग गया अब क्या ही कर सकते हैं फिर दूसरी बग्गी आती है उसको पकड़ता हूं और उतरने में ही तीसरी बग्गी आ जाती है अब ये गाड़ी वाले बंदे यार अपनी महंगी गाड़ी को छोड़ के बग्घिया भर के आते हैं शायद पेट्रोल नहीं होगा और अभी तक मैं दो बग्गी वाले पकड़ चुका हूं लेकिन सबसे पहला बंदा सबसे पहला भग्य वाला बंदा से चुका था। अब देखो भाई आगे आगे जाते हैं, लेकिन आगे और पंगे होंगे। तो मैं भी गाड़ी लेके जाता हूं। अभी मेरे को लग रहा है कि बस एक ही बंदा है जो सांप बना बैठा था सांप बना लेटा था वो भी बिल्कुल नंगा होके तो उसे पकड़ने मैं आगे जाता हूँ पर कुछ और ही सीन होते हैं। और ठीक इस जगह पे मेरे को लगता है या तो यार दो दो में बटे होंगे और वो लोग ज्यादातर आपस में ढिल जाते हैं लेकिन यहाँ पे मेरे लिए सीन सही हो जाते हैं चारों के चारों बंदे एक ही टीम के हैं और मेरे सामने खड़े हैं एक एक दो दो ने, अब वहां से मैं जान बचा के भगता हूं और भगते भगते मेरे को लगभग तीन बंदे दिखाई दिए यानी कि यार तीन बंदे ये हैं इनको पकड़ लो जल्दी से पकड़ लो फिर आखिरी बंदा उसको हलवे की तरह पहले पेट के बीच आ गया तो और जहां तक मेरे मेरे को को याद है यार इन लोगों पे पे पड़ी थी, लेकिन लेकिन ये गाड़ी लेके हमारा पीछा बिल्कुल नहीं नहीं। करते, वहीं बैठे रहेंगे, रहेंगे, लेटे रहेंगे। लेकिन वहां से हिलेंगे नहीं। अब देखो मेरे को अभी भी यही लग रहा है कि यार ये तीन ही तो मैं आगे रस करने की पूरी खुजली में होता हूँ फिर नेट करता हूँ यहाँ बैठ के तो और जैसी ये नेट फटाना यार खुशी अलग लेवल की थी अब बेजती मेरे टीममेट ने पक्का मारी थी लेकिन यार देखो आजकल मैं देख रहा हूं बहुत बेजती हो रही है तो ये वाली इस वाली बेजती में मैं अपनी बकवास डालने वाला हूं खैर यहाँ पे मेरा जीना इस मैच के लिए सफल हो चुका था अब यहां पे मैं ठिल भी जाऊं ना भले ही तीस किलना मैं खुश था लेकिन अभी के लिए जिंदा हूं तो मैंने सोचा यार कुछ जुगाड़ करके देख लेते हैं खैर इधर उधर भगी रहा हूं और देख ही रहा हूं कि सीन क्या चल रहे हैं अब नेट डाल के मैं खुश तो था लेकिन लालच फिर जाग जाती है यार बगैर किल करे रहा ना गया कद्दू लेने गया नेट तो यहाँ पे मैं बिल्कुल तैयार हूं बंदों की पेटी बनाने के लिए और मैं यहाँ सा मेरे को एक सांप दिखाई देता है तो मैं चलाता हूं एडब्ल्यू एम मर गया वो तो और उस सांप की तो सीधा पकड़ के दोनों ने मिलके पेटी बनाई मैंने एडब्ल्यूएम चटकाई भाई ने कार 98 बचने का कोई मौका नहीं अब देखो दूसरा बंदा भी नौक होता है तो मैं बोलता हूं यार रस कर दिया जाए आगे ओपन है बे तू मैं आ रहा हूं जा मुझे आगे ओपे ओपे अब भाई ये क्या हैं? यार ये लोग चाहते ही नहीं कि मैं सो रात को एक भाई अपनी बेसुरी आवाज में एक बेसुरा सा गाना गाता है और हमारे ये भाई अजीब सी आवाज निकाल ले अरे भाई कहा से आए हो खैर इसी के साथ चिकन चुकन हो जाता है अब नींद गई कद्दू लेने यार 30 किल हो गया 30 किल की लेना मैं ये आवाज है क्या मैं बेसुरे गाने रिपीट में सुनने के लिए तैयार हूं बस 30 किलो जानी चाहिए क्यार आज के वीडियो में इतने भाई लोग यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते ये कॉम्बो के लिए ये गोरोजा प्लस ए डब्ल्यू के लिए यार लाइक ठोकना मत भूलना देखो ये दो गन्ना हलवा नहीं है एम के भी बढ़िया है लेकिन यार 40 गोली 40 गोली होती है रोजा अलग लेवल पे है और यार जाते जाते एक एक्स वैट चेकआउट करना मत भूलना उस ऐप की लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में ट्राई करके देखो यार बिल्कुल तगड़ी टीम पे लगाना और यार मिनी गेम्स खेलते हो तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना और हाँ भाई लोग तुम्हारा भाई डेली नो नो लाइफ पे रात को 9 बजे लाइव स्ट्रीम वगैरह करता है दवा के गलत सीन होते हैं वहां पे भी और बहुत ही जल्द बड़े गिव अवे होने वाले हैं फोन वगैरह के जैसे पिछली बार किए थे तो यार वहाँ पे फॉलो करना मत भूलना नो नो लाइफ की भी एप की लिंक कमेंट सेक्शन में नहीं होगी डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में वहां पे उसको डाउनलोड करके बस नाम सर्च करना और फॉलो भेज देना तो आज के लिए इतना डॉलो के यार कल मिलते हैं बाय बाय